तुला राशि के जातकों कैसा बीतेगा आज का दिन सत्ताईस तारीख शनिवार दिन कैसा जाएगा आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए क्या ऐसा शुभ उपाय करें आपके लिए शुभ कलर क्या रहेगा शुभ अंक क्या रहेगा इन सभी विषयों पर चर्चा डालेंगे तो आज आपका स्वास्थ्य जो रहेगा इस पर कुछ आपको चिंता करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि स्वास्थ्य में गिरावट आज दिखाई पड़ रही है ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है आज मन ही मन आपके अंदर कोई चिंता होगी कोई दुख आपके अंदर आ सकता है स्नेहीजनों तथा मित्रों से बातचीत करने पर तुला राशि के जात पूर्ण सावधानी रखिएगा जो स्टूडेंट वर्ग हैं उनको सफलता प्राप्त होती हुई आज नजर आ रही है आज आर्थिक पक्ष आपका जो है नरम ही रहेगा बहुत अधिक नहीं रहेगा ना बहुत कम रहेगा मध्यम ही रहेगा और किसी को आज आपको उधार नहीं देना होगा यदि कोई उधार मांगे तो साफ साफ मना कर दीजिएगा अपने बच्चों को वाहन मत दीजिएगा अन्यथा चोट इत्यादि लगने का भय आज दिखा रहा है आपको आज प्रयोग क्या करना है उपाय क्या करना है शुभ बनाने के लिए दिन को तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर दूध अर्पित करिए और स्वाम को एक तिल के तेल का दीपक पल के वृक्ष पर आपको जलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा अंक नौ